गुड मॉर्निंग गाइज कैसे हो आप आई होप यार बहुत अच्छे होंगे ये yes, मैं भी अच्छा हूँ तो दोस्तों हमारी वीडियो का आज वाला टॉपिक तकरीबन हर PUBG मोबाइल प्लेयर को बहुत खुश करने वाला है, बताओ, बताओ, कौन सा है? अरे हाँ हाँ भाई हाउ टू फिक्स इन पबजी मोबाइल ही है जिसमे से आपको बताने वाला हूँ कुछ सेटिंग और कुछ ट्रिक्स जिससे आपके पबजी में पिंग सिक्सटी से नीचे ही आएगा और, और, और एक बात और लास्ट में आपको एक बहुत ही हेल्पफुल बोनस ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका पिंग और अच्छे से स्टेबल हो जाएगा और आपका फोन लैग होना भी बंद हो जाएगा और देखो अभी से बोल रहा हूं भाई, मैं जो ना वही करना और वीडियो को स्किप किया तो मुझे मत बोलना भाई, भाई बातें ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो अभी जो बोलूं समझ लेना यार ऐसे कॉमेंट करने से अच्छा है पांच मिनट निकालो और वीडियो पूरा देखो फिर कभी भी इस टॉपिक की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको बता रहा हूँ यार आपका अपना विपेक्ष भाई बोल रहा है ट्रस्ट मी यार देखो सबसे पहले मैं आपको पिंक के रीजन बता रहा हूँ और उसके बाद आपको सोल्यूशन दूंगा हिंदी में बोले तो समस्या का समाधान देने वाला हूँ पहला रीजन है भाई स्लो इंटरनेट आई नो आप देखिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देखिए पूरा आपको आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा हमारी वीडियो में दूसरा रीजन है भाई लोकेशन या यू कहें खेलने की पोजिशन हाँ ये भी एक रीजन है हाइपिंग का आई नो आप लोग समझे नहीं है बताता हूँ बताता हूँ रुको भाई अब बात करते हैं भाई तीसरे रीजन रीजन की। ये रीजन आप सब लोग अवॉइड कर देते हो। और कभी कभी ये रीजन बनता है आपके पोचिंग की या जोर जोर पुल में बोर्ड को किल देने का। है ना? अरे टेंशन यार, मैं चलो आपके सोल्यूशन यानी आपकी समस्या का समाधान निकालते है लेकिन वीडियो तो लाइक कर दो यार अच्छा भाई पहली प्रॉब्लम क्या थी स्लो इंटरनेट है ना तो भाई इसका सोल्यूशन ये की सिर्फ पबजी चलाओ व्हाट्सऐप फेसबुक इंस्टाग्राम को रिसेंट ऐप से हटा दो नहीं नहीं इतना करने के बाद मतलब सब कुछ मिल नहीं जाएगा सोल्यूशन नहीं है ये पूरी तरह से इसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है देखिए क्या होता है हम कुछ काम करने के लिए या थोड़ी देर के लिए कोई ऐप डाउनलोड करते हैं लेकिन काम हो जाने के बाद हमें उस एप या गेम की जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी हम उसे बड़े संभाल के रखते हैं जैसे हमारी एक्स का नंबर हो अब जब हटाना भूल जाते हैं तो हमारे फ़ोन से डेटा कंज्यूम करता रहता है जिससे हमारा स्लो नेट और भी ज्यादा भैया स्लो हो जाता है इंटरसिटी की तरह चलने लग जाता है और इस रीज़न इसका नहीं करतेमाल नहीं करते, करते फटाफट से निकाल फेंको यानी गए क्या नहीं गए यही पे अरे भाई सच्ची में जाओ ना पॉज कर लो अच्छा कर दिया चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं लेकिन एक सेकंड मैंने कहा था ना वीडियो लाइक कर दो अरे कर दो यार ऐसे वीडियो लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा आपका विपैक्स भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता, करता है इतनी रिसर्च करता है, मतलब इतना तो प्यार दिखा सकते हो ना यार दोस्त हैं। और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी क्या है ना आपका एक एक कमेंट हमें बड़ा प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए तो फटाफट -फड़ से कमेंट बॉक्स बताओ वीडियो देखने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा फेसबुक पे अपनी फोटो पर किसी लड़की का लाइक देख के तो बड़ा मजा आता है आता है ना फिलहाल इन बातों में वक्त खोटी नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा दूसरा रीजन था लोकेशन या बोले पोजिशन पब्जी में नहीं रियल लाइफ में आप सोच रहे होंगे और मन में बोल रहे होंगे क्या पागल पागल हो गया ये पोजीशन का क्या लेने देना है पबजी से तो भैया मैं आपको बता दूं भाई पोजीशन है ना जो आपके बैठने की वही पोजीशन आपके पिंग को डिसाइड करती है हाँ मतलब जो आपका सिम इंटरनेट नेटवर्क फ्रीक्वेंसी प्रायोरिटी देता है यकीन नहीं होता तो चलो एग्जाम दे देता हूँ याद करो अच्छा आप लास्ट टाइम जब खेले थे और आपका पिंग मस्त आ रहा था क्यों पता है नहीं नहीं मतलब याद करो अरे भाई क्योंकि वहाँ आपका सिम इंटरनेट नेटवर्क प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देता है एकदम बढ़िया इंटरनेट स्पीड देता है तो आप ऐसा करो अपने घर के सारे कोने चेक कर लो जिस को अपना और कोई कुछ भी खिसकने का नहीं चलिए बात करते हैं है है है यहाँ कर मैं बात कर रहा हूँ रनिंग बैकग्राउंड की जो आपके फोन के सिस्टम में अपने आप चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में और आजकल को इंटरनेट चाहिए जैसे कोई ब्राउजर हो गया या सोशल मीडिया हो गए जब आप पब्जी खेल रहे होते हैं ना बैकग्राउंड रनिंग से डिसबल कर दिया करो यहाँ मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ जो पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया तरीका है बट अगर आपके में वो नहीं है तो आप दूसरा वाला भी आ, देख सकते हैं पहला सोल्यूशन है, है और यहाँ सिम एंड सेलूलर नेटवर्क में जाना है अब यहाँ आप नीचे आओगे तो नेटवर्क कनेक्शन कंट्रोल एंड डेटा सेविंग वाले सेक्शन में आपको यूजिंग वाई फाइंड सेल्युलर डेटा नेटवर्क वाला ऑप्शन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक कर देना है बात समझ में नहीं आई हो तो फिर से रिपीट करके देख लेना फिर पबजी को छोड़ के सारे ऐप्स में ऐसे नेटवर्क परमिशन सेटिंग क्लोज कर देनी है अब इस प्रॉब्लम के दूसरे सलूशन की बात करते हैं भाई देखो जो मैंने अभी बताया ना वो अगर आप में काम करता है तो अभी जो बताने वाला हूँ दूसरा वाला उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर पहला वाला काम कर रहा है लेकिन पहला वाला काम नहीं किया तो ये वाला आप ट्राई कर लेना दूसरा वाला जो आप बताने जा रहा हूँ ये करने के लिए दोस्त आपको सेटिंग में जाना है और स्क्रॉल या सीधा सर्च करके आपको ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है अब यहाँ आपको सबसे पहले ऐप को फोर स्टॉप कर देना है और उसके बाद नोटिफिकेशन में जाके नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है फिर देखना आपके पबजी में पिंग हाई कता नहीं आएगा नहीं मतलब राखी सावंत की कसम भाई मेरे पास दो तीन ऐसे और सोल्यूशन हैं जिससे आपको पिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बट मैंने जो अभी दिया ना वो सब भी एकदम काम के हैं और मेरे फोन में यार अच्छे से वर्क करते एकदम मतलब बहुत बढ़िया तरीके से और मुझे हाई पिंग कभी भी नहीं दिखता आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए हाउ टू फिक्स हाई पिंग पार्ट टू चाहिए आपको बता दो शर्मा अमद हाँ बताओ मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ यहाँ पर बोनस ट्रिक के बारे में देखिए बेसिकली ये कोई ट्रिक नहीं है ये बस एक टिप है जो आप लोगों की लैग फिक्स करने में मदद करने वाली है इसमें आपको बस अपने फोन को खाली रखना है लाइक फालतू का कोई स्टोरेज भर के नहीं रखना है क्योंकि होगा, तो आप हो हो होगा। इसलिए आपकी पब्जी लैग करती है इसलिए भैया ध्यान रखो अपने फोन की रैम के संग संग अपनी रोंग को भी क्लीन रखा करो कभी लैग नहीं होगी पब्जी तो मेरे भाईयों मेरे दोस्तों मेरे अजीजोंगर के टुकड़ो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही और मुझे ये बता जरूर देना कि आपकी लग और हाई पिंग वाली प्रॉब्लम्स मेरी बताई से सही हुई या नहीं हुई अगर हो गई हमारी और दोस्तों के संग शेयर कर देना जिनको ऐसी प्रॉब्लम आती है और कॉमेंट बताना इस वीडियो का पार्ट टू देखना है अरे बता दो चलो तो फिलहाल आप भी सोने जाओ ठीक है